सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी ही बटाता है।, है नहीं है कि नहीं है जितना स्टूडेंट है वो बताइए कोई पढ़ता है सब लोग खाली छोड़ी ही बटाता है